हम भी भावुक हो गया चलो इसका ओहो, कितनी प्यारी बिल्ली है आगा। आगा। ये गैजेट हूँ इससे हम सब इसकी बातें सुन सकते हैं और समझ। अरे तो ये शेर का बच्चा है क्या भी सकते है यानी हाँ तो आप बोलो बच्चे ये तो क्या है ये लो देखो ना रोना बंद करो रोना बंद करो और इसकी मदद करने की सोचो इतनी प्यारी बिल्ली है बड़ी थकी हुई थी बेचारी जख्मी भी थी इसलिए मैं इसे घर ले आया <laughs> प्यारी बिल्ली अरे मोटो लो शेर भाई ब्रि ये शेर के बच्चे कहा से पकड़ लाए <laughs> अंकल अंकल आप लोग मुझसे डरो मत मैं कुछ नहीं कर सकता क्या कहना चाहते हो बोलो अंकल मेरी मम्मी पापा की तबीयत बहुत खराब है इसी वजह से वो बहुत कमजोर हो गए हैं। और अब पांच भेड़िया उनको खत्म करके खुद मैं तो खुद ही डरा हुआ हूँ लगता है बिचारी भूखी है ये नहीं हो सकता कभी नहीं हो सकता मैंने आज तक कभी नहीं सुनी राजा बनना चाहते हैं। हमें उन भेड़ियों ऐसी बचालो अंकल प्लीज हमें उन भेड़ियों ऐसी बचालो